सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। खुशे और किडात नहीं हुई होती उस बेचारी को गोली नहीं लगी होती खून देने की बात नहीं आती तो पापा नहीं आते ना और पापा मेरे सामने ये नहीं बोलते कि वो मेरी बेटी जैसी दिखती है तो मेरे दिमाग में भी कभी नहीं आता कि वो शायद मेरी जैसी दिखती है मैं डीएनए टेस्ट के लिए कराता ही कराता ही नहीं और डीएनए टेस्ट से क्या पता चला मुझे ही है, तो जो होता है अच्छे के लिए तो होता है मेरे दोस्त <laughs> अब क्या करेंगे? ये तो सबको बता देगी। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं किसी किसी को को पता पता चलना चाहिए चलेगा कुछ कुछ नहीं कुछ होगा। करते। दीदा, आंटी, आप सब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है वापस आ, आ गई है।, है। क्या? क्या कौन वापस आ रिया ये तुम क्या कह रही हो? ये तुम तुम क्या क्या कह कह रही रही रही हो? हो? बात कर मैं सच हम हम सबने कभी कभी सोचा? कभी नोटिस किया? हम सब खुशी से क्यों इमोशनली जुड़े हैं उसके साथ? क्योंकि हमारे दिल जुड़े हैं दिल से दिल के साथ कनेक्शन है हम जभी भी खुशी को देखते हैं तो आंखों में एक चमक सी आ जाती है दिल इतना खुश हो जाता है दिल की धड़कने तीज हो जाती है और सिर्फ दिल का रिश्ता नहीं है खून का रिश्ता भी, तो भी तो है क्या जा रही हो रिया साफ़ साफ़ बताना आंटी रणबीर की बेटी, पंची। की बेटी पंची। पंची। पंची। वो वापस है।, है और वो इतने टाइम से हमारे साथ ही थी आप सबको पता है वो कौन है वो खुशी है खुशी ही हम है, आपकी पोती आंटी रणवीर की बेटी सब की खुशी खुशी, खुशी है।, हुशी, है हुशी, हुशी, पंची। ऐसे कैसे है भगवान का चमत्कार समझिए मृक और ये मिर्कल रणबीर ने, ने खुद कंफर्म किया है डीएनए टेस्ट करके मैं जानता था कि खुशी ही पंछी है वो रणबीर जैसी दिखती है हमेशा से कहता आया हूं मैं मम्मी जी आपसे कहता था मैं पल्लवी कितनी बार कहा है मैंने तुमसे ये रणबीर रणबीर जी प्रिया क्या कह रही है ये ये बोल क्या रही है तु, तु, तुझे पता था रणबीर रणबीर पुत्र तूने इतनी बड़ी बात हमें आप भी तक बताई क्यों नहीं जवाब दे रणबीर क्या खुशी ही पंछी है तूने डीएनए टेस्ट करवाया है बोल ना हाँ हाँ हा. खुशी ही हमारी पंची, हमारी पंची। मैंने डीएनए टेस्ट कराया था। खुश, खुश इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं हमें हमें हमसे क्यों छुपाया रणबीर तो? बता तो रहा हूँ खुशी ही पंची पंची पंची मेरी पंची, बेटी मेरी बेटी वापस एक, एक मिनट ये तू आची प्रा, को पता है ये बात इतनी बड़ी खबर प्राची की बेटी खुशी है पंची मैं उसे अभी फोन करके बताती हूँ फोन नहीं उठा रही रिया का फोन था पता नहीं कट हो गया कॉल बैक करती हूं प्राची का फोन है नहीं हेलो। मैं नहीं चाहता मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि को पता चले कि खुशी है और, और उसकी बेटी की अरे अजीब है पहले खुद फोन किया अब जब मैं कॉल बैक कर रही हूँ तो उठा नहीं रही हाँ तो वापस से कॉल कर लेगी जब उसे बात करनी होगी तू क्यों इतना परेशान हो रही परेशान हो रही हूँ क्योंकि क्यूँकी क्या बेटा पता नहीं दादी ऐसा लग रहा है कहीं उन लोगो को खुशी के बारे में पता तो नहीं चल गया ऐसे कैसे पता चल जाएगा आ, तो पता नहीं चला होगा पर पता नहीं क्यों मन घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है ऐसा कुछ नहीं हुआ प्राची तू तो खुशी का सच जानती है और तूने अपने दिल में छुपा के रखा है इसीलिए तेरा दिल घबरा रहा है प्राची अगर उन्हें पता चल गया होता ना तो वो अभी तक आते और खुशी को लेकर चले जाते मैं ना अभी आई एक मिनट सब ठीक तो है बेटा ही माता रानी सब ठीक कर देना आपने सब ठीक कर ही दिया है मेरी पंछी को मेरी बच्ची को मेरी जिंदगी में वापस भेज दिया है बस जैसा चल रहा है वैसा ही रहने देना मैं मेरी बच्ची के बिना नहीं जी सकती मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करना माता रानी मुझसे अलग मत होने देना प्लीज़ सब ठीक कर देना सब ठीक कर देना चले चलो चले तू घबरा बिल्कुल मत प्राची सब ठीक होगा खुशी हमारे पास ही आई हाँ। तुम तुम क्यों नहीं चाहते कि प्राची को पता चले कि पंछी बेटी है प्राची की तुम क्यों मुझे उसे बताने से रोक रहे हो क्योंकि मैंने देखा है अक्षय और प्राची को साथ में अक्षय और प्राची साथ में बहुत खुश है अक्षय अच्छा लड़का है प्राची से प्यार करता है प्राची प्राची का ख्याल रखता है। And finally, प्राची को एक ऐसा लड़का मिल गया जैसा वो हमेशा हमेशा चाहती थी। और हम सब जानते भी अक्षय को अच्छे से तो हम सबको पता है कि वो अच्छा है और वो प्राची के लिए प्राची के लिए ठीक बात प्राची की हो रही तो तुमने ये अक्षय अक्षय क्यों लगा रखा है हमें अक्षय की बात करनी ही नहीं है हमें प्राची की बात करनी चाहिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम पंची का सच प्राची को क्यों नहीं बताना चाहते अरे समझा तो रहा हूं समझ में नहीं आ रहा तुमको देखो प्राची पंची की क्या है मां है मां समझती हो? एक मां को जब पता चलेगा कि खुशी पंची है तो तुम्हें लगता है वो यहां पे पंची को रहने देगी वो खुशी को यहां से लेके चली जाएगी मैं सच बताऊ तो मुझे दिक्कत नहीं है कि वो प्राची के साथ रहे I don't have a problem. मुझे दिक्कत इस बात से है कि प्राची और अक्षय साथ में रहने वाले उनकी शादी होने वाली है और मेरी बेटी अक्षय को, को पापा नहीं बोलेगी बोले बोलेगी मैं मैं वो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मैंने ना अपनी अपनी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ खो खो दिया है। बेटी बेटी भी दी थी। वो तो भगवान की वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिली और अब मैं किसी एक बेवकूफ हरकत की वजह से मैं अपनी बेटी को किस घर से दूर जाने नहीं दे सकता हूँ नहीं रणबीर ये गलत है प्राची को पूरा हक हाँ है ये जानने का कि खुशी उसकी अपनी पंछी है उसकी अपनी बेटी अरे हक की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूँ तो देखते रह जाएंगे नो दिस इज़ ये ये गलत है प्रिया रणबीर सही कह रहा है I know Rhea, वो तुम्हारी बहन है लेकिन जस्ट एक मिनट के लिए सिर्फ एक मिनट के लिए अपने सारे रिश्ते भूल जाओ भूल जाओ कि वो तुम्हारी बहन है और थोड़ा शांति से सोचो सोचो रणबीर रणबीर जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है अंकल हाँ। हाँ। <laughs> आप बोलिए ना इन्हें प्लीज समझाइए मुझे पूरा विश्वास है आप जो बोलेंगे सही बोलेंगे क्योंकि आपने हमेशा सही का साथ दिया है आप प्लीज इन्हें बोलिए मुझे पता है कि आप सिचुएशन को समझकर ही बोलेंगे बोलिए ना अंकल प्लीज रिया तुम सही कह रही हो हम सब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं लेकिन रणबीर भी गलत नहीं है रणबीर भी सही कह रहा है देखो जैसे ही प्राची को पता चलेगा कि खुशी उसकी बेटी है वो वो खुशी को अपने साथ ले जाएगी और फिर खुशी हमारी नहीं रहेगी वो किसी और की बेटी होगी किसी और की पोती लेकिन अगर खुशी हमारे यहाँ आती है अपने घर आती है तो उसे अपने रिश्ते मिलेंगे अपनी दादी दादा परदादी, अपने पापा और, और प्राची को यहां आने से हम थोड़ी ना रोक रहे हैं उसकी जब मर्जी वो यहां आ सकती है exactly. पापा बिल्कुल सही मैंने खुद देखा है प्राची खुशी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है अच्छा है ना वो आए उसको प्यार करना है खुशी से करे उसके साथ रहे जो कर रहे कर रहे हम रोकेंगे थोड़ी इन हमें तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमारी पंछी को माँ का प्यार मिल रहा है नहीं रणबीर फर्क है फर्क है बहुत बड़ा फर्क है आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? हरे प्राची को जब पता चलेगा कि खुशी खुशी उसकी बेटी है उसकी अपनी पंछी है तब उसे जो वो प्यार करेगी ना और अब उसे जो प्यार कर रही है खुशी को समझ के वो एक बस बच्ची है वो प्यार अलग है अरे बहुत बड़ा फर्क है रणबीर माँ होकर मा प्यार करने हो करने कर कर कर कर कर कर कर में और जैसा प्यार में फर्क है दोनों बातें बहुत अलग स्वार्थी हो रहे हो तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो हाँ मैं हो हाँ, रहा हूँ स्वार्थी स्वार्थी हो रहा हूं मैं सेल्फिश और क्यों ना हो तुम्हें क्या लगता है प्राची को अगर यहाँ रह रही है तो यहाँ पे रहने उसको. वो ले जाएगी उसको साथ. तो हम सब ऐसे देखते रह जाएंगे मैं सोच रहा पंची के बारे में. तो तुम क्या कहना चाहते हो तुम प्राची को कभी नहीं बताओगे की खुशी उसकी, उसकी अपनी पंछी है उसकी अपनी बेटी है नहीं पता मुझे नहीं मैं एक बार मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने होगी मेरे साथ होगी मैं तब सोचा राची और अक्षय साथ में होने वाले क्या वो अपनी लाइफ में मेरी पंछी को ढंग से कर, कर, कर पाएंगे क्या वो उसकी परवरिश ठीक से कर, परवरिण चीक परवरिण चीक कर पाएंगे क्या अक्षय खुशी को उतना प्यार को दे पाएगा जितना मैं दे पाऊंगा क्या वो उसकी वैसे परवरिश कर सकता है जैसे मैं कर सकता हूं क्या वो उसको वैसे ख्याल रख सकता है जैसे ऐसा ख्याल मैं रख सकता हूं अपनी बेटी का हाई ऑल्सो yes, so. मुझे नहीं बात करनी इस बारे में रिया, बस हो गया बहुत बात कर ली हम हम मैं राधाश्रम जा रहा हूं मुझे खुशी से मिलना है और प्लीज आप में से कोई प्राची को यह बात नहीं बताएगा नहीं बताएगा रिया बेटा काम डाउन देखो अगर तुम रणबीर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगी तो तो तुम्हें उसकी सिचुएशन समझ आएगी अंकल दिस इज रॉन्ग रणबीर गलत है वो गलत नहीं है रिया वही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं देखो ठंडे दिमाग से सोचो तो तुम्हें तो तुम्हें रणबीर भी सही लगेगा प्लीज आइए मैम बैठिए प्लीज जी मैं अभी मैम को बुलाती हूँ जी प्राची तूने इनसे बात की है ना स्पेशली वो औरत जो एडॉप्शन करवाती है जी दादी वो दो तीन बार फोन किया था उन्होंने कहा कि 11 बजे आ जाइए इसका मतलब ये है इन्हें पता है कि हम एडॉप्शन के लिए आए बिल्कुल पता है वो तो कह रहे थे कि आके आप आग बच्चे को देख लीजिए शुक्र है तो फिर तू इन्हें कुछ ज्यादा नहीं बताना जब वो तुझे दिखाएंगे ना बच्चे तू तो खुशी को ही पसंद करेगी और वो भी बिला झिझक तुझसे आकर निपट जाएगी है न हाँ, और बिल्कुल ऐसे दिखाएंगे की हम नॉर्मल एडोपन के लिए आए ठीक है नो वराटी नमस्ते नमस्ते आइए प्लीज आप ही का वेट कर रही थी मैं आप 11 बजे आने वाले थी ना ट्रैफिक बहुत था ना तो थो थोड़ा लेट होगी नहीं कोई बात नहीं इट्स ओके okay. जी मुझे पता है कि आपका जो अनाथाश्रम है वो बहुत अच्छा है रिव्यूज पढ़े मैंने और काफी लोगों से सुना भी इसीलिए यहीं आ गई और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ना मतलब मेरी टैक्स पेपर्स, घर के पिक्चर्स फैमिली बैकग्राउंड, जो भी थी मैंने आपको ईमेल भेज दिया है हाँ मैंने आपका मेल देखा है और कहीं कोई कमी नजर नहीं आई सारी फॉर्मेलिटीज हम कर लेंगे इनफैक्ट आप आइडल कैंडिडेट है बच्चे को एडोप्ट करने के लिए तो फिर आपने क्या सोचा आप कब एडोप्ट करने वाली हैं? आज करना चाहेंगी जी आज अभी इसी वक्त थैंक थैंक यू थांक यू, अरे आप यू, क्यों बोल रही यू तो मुझे बोलना चाहिए आप एक अनाथ बच्चे को कर रही है। क्या हो सकती है की उसे एक अच्छी फैमिली मिलेगी एक अच्छी माँ मिलेगी और एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी चलिए मैं आपको बच्चों से मिलवाती हूँ माजी आप ये फॉर्म भर दीजिएगा प्लीजी हाँ प्राची तू जा ये फॉर्म मैं फिल कर देती हूं ओके okay. तू जा चलिए आइए तुम नहीं आ रही हो रिया, रणबीर रणबीर थो, थोड़ा टाइम दे दे उसे वो आ जाएगी हाँ रिया नहीं आ रही हमारे साथ मतलब हे, क्या बकवास कर रहा है तू? क्यों नहीं आएगी वो हमारे साथ एक सेकेंड रिया से ही पूछ लेते हैं ना रिया तुम आ रही हो हमारे साथ और खुशी को लेने कैसे कैसे चलू मैं आप सबके साथ जब मैंने अपनी बहन को बताया ही नहीं कि पंछी पंछी वापस आ गई है खुशी उसकी बेटी है खुशी ही पंछी है कैसे चलू मैं आप सबके साथ और आप, आप सब ऐसे कैसे खुशी को अडोप्ट कर सकते हैं I'm sorry, but no, मुझसे नहीं होगा मैं नहीं आऊंगी ठीक है मत आओ तुम। तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम नहीं जाओगी तो हम लोग नहीं जाएंगे सो सॉरी टू से बट मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता तुम बताओ ओके okay? शनबीर तुम तो... ठीक सेकेंड रुको रणबीर प्लीज समझने की कोशिश करो बात यह है ही नहीं देखो प्लीज जाकर प्राची को सब कुछ बता दो रणबीर ऐसे प्राची से बात छुपा के तुम तो... तुम्हें मेरी कसम है तुम प्राची को कुछ को नहीं, नहीं बताओगे। बताओ अगर मैंने जिंदगी में कुछ भी तुम्हारे लिए अच्छा किया है ना या कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं अच्छा इंसान हूं मेरा परिवार अच्छा है तो हम सबके लिए मैं तुम्हारे सामने से हाथ छोड़ता हूं प्लीज प्लीज प्राची को कुछ मत बताना और मैं वादा करता हूं मैं वादा करता हूं कि मैं मैं प्राची को सब कुछ सच बताऊंगा सब कुछ लेकिन अभी नहीं बात नहीं तुम मुझसे वादा करो कि तुम प्राची को कुछ नहीं बताओगी। वादा करो मुझसे ठीक है मैं नहीं बोलूंगी नहीं नहीं वादा करो प्रॉमिस करो। मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं प्राची को प्राची को कुछ नहीं बताऊंगी पर तुम्हें भी एक वादा करना होगा तुम बाद में प्राची को सब बताओगे सब सच बताओगे वादा करता हूं मैं करता हूं मैं प्रॉमिस करता कि मैं प्राची को सब कुछ सच बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बाद में थैंक यू कल आप दे गए इस बात के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन रणबीर मेरा बेटा है खुशी मेरी पोती इसीलिए खुल के तुम्हारी तरह ये बात नहीं कह सकता था पर मैं मैं मैं समझ रहा हूं रिया और मैं तुम्हारे साथ हूं